पल पल भीती जाए तो खबरिया नहीं खबरिया आई जवानी बचपन भी आई जवानी तू तू आई जवानी बीता जवानी, जवानी बीती अब क्या आया अब रोने के दिन आया अब क्या हुआ तेरी बोल तेरी कमरिया कमरिया टेड़ी होती है ना तो बड़ा रोना पड़ता है मेरे भाई बहन मैं नहीं चाहता कि आपको रोना पड़े भगवान करे किसी को बुढ़ापा ना आया बिल्कुल नहीं आए सब जवान है एकदम बस लेकिन कब रहेंगे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेडीमेडी तालियों के साथ किसने भेजा किसने भेजा क्या तू आया क्या कर पाया क्या कर पाया क्या कर पाया नगरिया काल की तुझ पे तुझे लग नजरिया तुह तबरियागरियागरिया माहिया प्रेम किया तन और मन धन सेिया भग से प्रेम किया तन प्रेम का प्रेम किया तन और मन धन से प्रेम किया तन तने तो वादा किया था कि प्रभु इस दुनिया में जाकर के आपसे प्रेम करूंगा लेकिन किस किस से प्रेम किया आहा। कोई ठिकाना ही नहीं एक मालिक से प्यार करना था वो प्यार कितना बांट दिया अब भैया एक चीज के हजार टुकड़े करोगे तो कितने कितना हिस्से में आएगा देना तो पूरा प्रभु को था लेकिन प्रेम बट गया आधा पत्नी को दे दिया आधा बचा बच्चों को दे दिया थोड़ा सा उसमें से कम किया यार दोस्तों को दे दिया थोड़ा सा और कम किया दुनिया वालों को दे दिया भगवान कहते हैं अरे थोड़ा सा मुझे भी दे दो भाई मेरे से वादा किया और बड़े बहमान हो बाधा तो किया था मुझसे प्रेम करोगे लेकिन अपने आप से भी प्रेम करते रहे अपने आप से भी बहुत लोग प्रेम करते हैं फिर क्या करेंगे शरीर को खूब मल मल करके आहा। बड़ा सुंदर बनाएंगे बड़ा प्यारा बनाएंगे लेकिन अंत में हूँ एक दिन देगी एक दिन देगी ये शरीरिया, िया तुह खबरिया तुह खबरिया तुह ख खबरिया करना का प्रभु से बना प्रेम किया दुनिया से प्रेम किया संसार से भगवान कहते हैं कि जहा राम दबा नहीं जहा तो दुनिया रहेगी दुनिया से प्रेम कर लो या मालिक से प्रेम कर लो अच्छा एक बात बताइए दुनिया से प्रेम करना है या मालिक से प्रेम करना है मालिक से जो उनको प्रेम करना है वो हाथ खड़ा करो सबको करना है अरे भैया घरवालों का घरवालियों का क्या होगा जरा सोचो तो सही सबको छोड़ने को तैयार हो तैयार बिल्कुल अरे वाह वाह भाई हमारा कथा करना तो सफल हो गया वैसे सब बैरागी हो गए भैया आज से अपना अपना इंतजाम देख लेना ये सब तो वृंदाबन जाएंगे अब रुकने वाले नहीं को परमात्मा को भगवान को है? अरे हाँ बोलो ना हाँ परमात्मा को दिया फिर ठीक है मैं तो हाँ भाग देगा देता है सत्य बात है जो दिखाई दे उससे हम प्यार करते हैं अरे दिखाई देता है लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते मैं कहता हूं जरा मन की आंखें खोल करके तो देखो कहते ना बात तो वही आकर के रुकती है कि कोई 80 साल के बुढ़े दादाजी और छोटा सा कोई बालक पिक्चर देखने गए दादाजी को पिक्चर दिखाई नहीं देते कहते अरे बेटा ये पिक्चर बनाने वाले ने बड़ी खराब पिक्चर बनाई है क्यों मुझे दिखाई नहीं देता अरे दादाजी प्रॉब्लम पिक्चर में नहीं है तो आपकी आंखों में है आपकी आंखों में मोतियाबिंद है ना पहले इसका इलाज कराओ इसका इलाज करा दोगे तो सब दिखाई देगा हमें दिखाई नहीं देते इसमें परमात्मा का कसूर नहीं हमारी नजरों का कसूर है जिस दिन नजर बदल जाएगी और जिस दिन सच्चा प्रेम परमात्मा से हो जाएगा उस दिन कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप तो घर में बैठे बैठे कन्हैया मिल जाएंगे तो परमात्मा से सुंदर कोई हो सकता है क्या नहीं है तो परमात्मा को देखो लोग भाव से घर में तस्वीर बनाते हैं परमात्मा के कितनी खूबसूरत बनते है। उससे ज्यादा खूबसूरत कोई होगा जब संसार में रहने वाला परमात्मा को बनाता है तब परमात्मा इतना खूबसूरत है अगर वास्तव में परमात्मा को हम देख लेंगे तो उसके जैसा कोई होगा कोई नहीं फिर तो बस एक ही बात है दुनिया में देखो ना लोग दुनिया को देख देख के खुश होते हैं, वो कितना सुंदर है वो कितना सुंदर है अरे भैया दुनिया तो बहुत देखी है लेकिन कभी परमात्मा को भी देख करके देखो उसे भी नजर में आके देखो दुनिया जितनी खूबसूरत है जिस दुनिया बनाने वाले ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई वो दुनिया बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर हो आधरम मधुरम वदन मधुरम अधरम मधुरम बदलन मधुरम मधुर रख मधुर उसका उसकी हर, हर चीज मधुर है मीठी है अगर उसकी आंख देखो तो उसकी आंख जैसी उसकी नजर जैसी उनके नैन जैसे किसी के नैन नहीं हो सकते एक एक अंग में बड़ी ही सुंदरता भरी हुई है जो एक बार देख लेना बेहोश हो जाए भैया महाराष्ट्र में कामदेव ने कृष्ण को देखा बेहोश हो गया बड़ा सुंदर तो डम मैं तो गौतम अब एक बार हाथ उठा करके कहिए सूरत आपके आप मधुरम, मधुरम, मधुर हसी मधुर चलित मधुरम मधुरा दिखते मधुरम, मधुर बचपन को तू या आई जवानी तू किराया जवानी तू किराया जवानी टूट किराया माया की ये है नगरिया माया की थी ये है नगरिया तो धर्म साधना से कहिए श्रीनाथ है श्रीनाथ है श्रीनाथ है